क्या क्या लिखा है इस पार्क में या आप समझ गए होंगे मतलब और गई नीचे नदी भी हम हाँ आ जा हैं इस पार्क में आप देख सकते हैं और चुका है जिनका यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पे खेल रहे हैं ये वाला गेम आप देख सकते हैं स्लाइडिंग बोलते हैं इसको और यहाँ का सीन हो चुका है चल <laughs> अभी तक हम खेल रहे थे इस शीसों को और फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है बस एक बंदा है वो जो उधर बैठा हुआ है आप देख सकते हैं उसको ठीक है तो क्या यहाँ पे कुछ होशियार बंदे हमारे साथ जो कि उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ फिर आ चुके हैं यूट्यूबर आर्यन सिंह रावत तो ये यहाँ पे सीन हो चुका है इनका तो आप देख सकते कितना प्यारा फिलहाल है आप देख सकते हैं ये सूरज सामने पूरा और नीचे नदी भी आपको दिखाना चाहेंगे आ रहा है सो so, अभी बैठ के यहाँ बजा रहे हैं दोनों के दोनों टाइम पास कर रहे हैं देखिए दोनों लग रहे हैं बिग मंगे पर दोनों बिग मंगे दोनों यूटूबर है एक इंस्टाग्राम एक <laughs> नहीं नहीं, एक है। यूट्यूबर है और आ, मेरा है ए आर गेमिंग क्या रखा आपने मिलेगा नहीं तो फिलहाल आई आगे छोटी बच्ची हो क्या हम जाने वाले हैं आगे की तरफ तो गाइस दे सकते हैं यहाँ पे दोनों ही लटक के कर रहे हैं आर्मी की तैयारी दोनों बड़े वो हैं सुबह दे सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है इस पार्क में तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है ऐसे सो दे सकते हैं कितना प्यारा भी यहाँ पे है गाइस बैठने के लिए भी है तो टी चीट लगा हुआ है और यहाँ कुर्सियां लगी हुई है और दूसरे कि ये कुछ महान बंदे जो कि तीन सेट में जो कि कुर्सी में उल्टा बैठे हुए हैं ये क्या ला रहे है गाई वो देख सकते हैं इनको आप ये है और गाई ये मेरे पे का मार रहे तो, <laughs> <laughs> तो तो गाइस गाइस। गाइस पे पे इसको मारने हैं फिलहाल। भाई भाई के पांव पांव तैयार सकते और और ये चीटी. ये हत्या नहीं होगी तुमसे ना हो पाएगा। और हमारे कुछ भाई जी बहुत ही चीटिया लवर है एक दूसरा कौन आया बच्चा सोरे गो चलते है